आशा जी आना आबादी है मैं सेना पड़ रहा हूं बस दस मिनट मुझे मुझे अब लोग लो, लो। खड़ी गई है सही सुर्ख जो देख है अलग से जमीन कर दिया दुख दुख और सभी रिश्तेदारों से अजीज वारिफ से और जो मेहमान उनके यहां आए हैं शादी में शरीक होने होने सभी से तवज्जह चाहता हूं मसले पर कैसे हरे का नाम हमारे भाइयों की जानब से ये दुल्हन ये दुल्हन के भाई हैं आपने भी मुझे सेहरे के नाम से नवाजा मेरे भाई भाई जो सामने से आए आपकी जानब से भी यह नजरना मिला है मैं सभी से समझने चाहता हूं कैसे ये दो आए और आपकी से भी ये नजराना मिला है बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया ये देखिए साहब साहब शादी की महफिल में, में जब तक सेहरा ना पड़ा जाए वैसा तो लगता ही नहीं कि शादी का प्रोग्राम हो रहा है मैं अपने छोटे भाई सैफ अली साहब से भी तवज्जह चाह रहा हूँ और भाई देखिए इनके लिए ये मतलब पेश कर रहा हूं सुनिए सर जलसा मुबारक हो ये शादी मुबारक हो ये शादी मुबारक हो ये शादी मुबारक हो ये मुबारक हो ये शादी मुबारक हो जैसे मुबारक हो ये शादी मुबारक हो जैसे मुबारक हो ये शादी मुबारक हो जैसे मुबारक हो पही मुबारक हो ये हरा मुबारक हो सैफली साहब की नजर कर रहा हूं नौशामिया सुनिए कैसे धूबे शादी नची है ये शादी बची है है है जब जब चेहरा हमेशा जिंदगी जिनकी हमेशा ऐसे में असर हो ऐसा शिरत में असर हो पे या खुदा सुन पे तेरी रहमत की नजर हो तेरी रहमत की नजर हो शहर शहर का का इनाम इनाम मुझे अपने हाथों से देंगे, बड़ी बाच्छा ये बाच्छा बाच्छा से बड़ी 500 रुपए जाने मिले हैं बहुत बहुत, बहुत शुक्रिया आखिरी बार पेश कर रहा हूं देखिए मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं बस बस जितना कहा है उतना ही पढ़ूंगा 10 मिनट ये जितने अब्दुल मिया के साथ ही बैठे हैं सबकी नजर है ये शेर शहर हो हो हो में में में पे पे तेरी की नजर हो, तेरी नजर नजर अब आए अब आए मेरी की थी आप आपकी मर्जी है आप दो कदम आए या ना आए मैंने जो दो कहीं दिया बस इस से ज्यादा देर नहीं पड़ूंगा सैफली आज की मेम के नौशाद आ गए, आ गए, आ गए। आ ये ब्राउंड कैमरा भी आ गया, गया। ये ये शादी